हूं। आपने एक व्यक्ति का का नाम नाम सुना है क्या खास बात बात थी उनमें दार्शनिक थे और बहुत तार्किक करना उनको आता था किसी मुद्दे पर उनके विचार पढ़ेंगे तो हिल तो हिल जाएंगे में स्वीकार करें ना करें लेकिन वो दिमाग मतलब खोपड़ी हिला देते थे से कोई जबलपुर, से है? जबलपुर में कॉलेज महाकौशल आपने पहले एक ही था अब अलग अलग हो गए हाँ तो महाकौशल कॉलेज में और शुरुआत रजनीश प्रोफेसर थे ये पता है आपको ये नहीं पता ये भगवान महाकौशल कॉलेज में पढ़ाई करते थे फिलॉसफी पढ़ाते थे फिर बाद में वो हट गए वहां से और उन्होंने अपना चिंतन मनन शुरू किया बहुत अच्छा तार्किक प्रवाह था उनकी बातों में भारत के लोग पागल होने लगे अमेरिका गए तो अमेरिका पागल हो गया यूरोप गए यूरोप पागल हो गया और अमेरिका में एक शहर बसा दिया शहर का नाम था रजनीशपुरम अमेरिका की सरकार घबरा गई उस आदमी से और कहते हैं कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने ये समझकर कि इस व्यक्ति को मैनेज करना आसान नहीं होने वाला है जैसा ओशो के भक्त कहते हैं पता नहीं तो सचे के झूठ है उनको गिरफ्तार करवाया और उनको धीमी मौत के इंजेक्शन लगवाए और फिर रिहा कर दिया एक समय ऐसा था कि दुनिया के लगभग 180 से 200 के करीब देशों ने ओशो रजनीश को वीजा देने से मना कर दिया अपने देश में घुसने से मना कर दिया इतना खौफ था उनके विचारों को लेकर कि ये आदमी आएगा इसकी बातें सुनकर तो लोग पगला जाएंगे सुकरात जैसा सवाल था तो फिर वो भारत में है तो पुणे में उन्होंने एक आश्रम की शुरुआत की आश्रम अभी चलता है वो तो नहीं लेकिन चलता है आश्रम फिर उनकी मौत हो वो जीवन पर बड़ी तार्किक बात करता रहे तर्क की बात करो कल्पना की बात मत करो अध्यात्म को मानते थे लेकिन अध्यात्म को तार्किक तरीके से डिफाइन करते थे जैसे कबीर हैं अध्यात्मिक हैं भक्त हैं ईश्वर की बात करते हैं तो तार्किक सीमाओं में रह के बात करते हैं तार्किक बात करने से बचते हैं उसके बाद तो चेला जो होता है वो चेला ही होता है किसी का भी हो चेला एक अपने आप में गुण है तो चेलो ने सोचा उनकी हम जीवनी देखे आठ खंडों में जी लिखी मैं बहुत शौक से खरीद के लाया कि अपने प्रिय दर्शन के बारे में पढ़ूंगा पर वो आठ खंड रखे हैं पहले खंड के दस पेज पढ़ने के बाद मेरी हिम्मत हुई पढ़ने की क्या लिखा है शुरू में आपको पता है जिस दिन ओशो का जन्म हुआ उस घटना का जिक्र है उसी रात में नर्मदा नदी में बाढ़ आई ऐसा लगा कि सारे घर डूब जाएंगे और जिस घर में बच्चे का जन्म होने वाला था वो भी डूब ना ऐसी बाढ़ थी और उसी खौफ के साए में बच्चे का जन्म हुआ मां कराह रही थी बच्चा रो रहा था नर्मदा नदी का पानी घर में घुसने को बेताब था लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ अचानक बरसात थम गई और बाढ़ का पानी उस घर की चौखट को टच करके लौट गया जैसे पैर छूके लौटा हो यह वाक्य उसमें लिखा था यह वाक्य पढ़ते मैंने बंद कर दिया तब तो से बंद ही है वो दस बारह साल हो गए खरीदे वो उसको तो जो भक्त आदमी है उसने अपने आराध्य को महान बनाया कि चौपट कर दिया चौपट कर दिया पर उस पुस्तक को पढ़ें भक्त टाइप के लोग तो वो मस्त हो जाएंगे साक्षात नर्मदा माता ने पैर छुए हैं इसी ईसा मसीह हथेली से पैदा होते हैं वो भी कुमारी मरियम की ताकि थोड़ा लगे कि यूनिक टाइप का मामला है अगर आप कहेंगे कि राम जी भगवान थे और दशरथ जी भगवान के पापा थे अगर भगवान का बाप उपस्थित है तो भगवान से क्यों बात करेंगे हुं? बाप इस बाप से बाप ऑलवेज ए बाप आप कहें हे भगवान और तो आप कह भगवान के पापा थोड़ा आप देख लीजिएगा तो फिर कुछ कल्पनाएं करनी पड़ती हैं कि दशरथ के यहाँ पुत्र नहीं हुआ था लंबे समय तक फिर एक यज्ञ हुआ यज्ञ से ईश्वर ने उनको आशीर्वाद दिया आशीर्वाद के बाद प्रसाद था प्रसाद रानियों ने खाया उसके बाद तीनों रानियों को पुत्रों की प्राप्ति हुई ये जो गप्पे होती है गप्पे इसलिए होती है ताकि थोड़ी सी महानता का आवरण लग जाए और लगे कि ये सामान्य परंपरा में पैदा होने वाले बच्चे नहीं थे कुछ अलग मामला था यूनिक मामला था तो यही